हाय हेलो असलकम नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल दिलश आज की वीडियो में मैं बस किड्स के लिए ट्री स्नैक्स बहुत ही इजी स्नैक्स दिखाने वाली हूं तो लेट स्टारो वीडियो फर्स्ट स्नैक ये है कि एग सैंडविच एग सैंडविच के लिए हमको चाहिए टू ब्राउन ब्रेड्स मैं तो ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ आपको चाहिए तो मिल्क ब्रेड भी ले सकते हो और इसके बाद बॉयल्ड एग लेनी है एग्स को स्मैश करनी है और उसमें थोड़ी सी टमाटो सॉस डालनी है और मिक्स करनी है थोड़ी सी सो so, ये है पीनट बटर होम मेड पीनट बटर है ख़ुद मैं आ, मुझे क्रंची चाहिए तो मैं क्रंची होम मेड पीनट बटर बनाई हूँ तो एक एक ब्रेड स्लाइस पर वन वन स्पून लेके स्प्रेड करनी है सो so, मेरे बेबी को क्रंची पसंद है तो मैं रोस्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि क्रंची ब्रेड उनको बहुत ही पसंद है तो इसके बाद पीनट बटर दो स्लाइस पर स्प्रेड करनी है सो so, मेरे बेबी को मैं स्नैक्स ऑफर करते टाइम पर थोड़ी सी हेल्दी स्नैक्स देने के लिए बहुत ही कोशिश करती हूँ मैं और पीनट बटर बहुत ही हेल्दी है बेबीज़ को जैसा कि प्रोटीन रिच है और बॉयल्ड एग में भी बहुत ही प्रोटीन रिच है सो so, इसको अच्छे तरीके से सैंडविच के तरी से आप बना के आपके बेबीज़ को दे सकते हो जैसा मैं दिखा रही हूँ पीनट बटर स्प्रेड करने के बाद बॉयल्ड एग को इस तरीके से डाल के टू स्लाइसेस जॉइंट करके सैंडविच के जैसा करनी है और तो मैं सैंडविच को हाफ कर देती हूँ जैसे कि ट्रायंगल शेप में कर रही हूँ इस तरीके से करने से किड्स को इजी से आसान से खा सकते हैं और मेरे बेबी को टोमेटो सॉस बहुत ही पसंद है स्नैक्स से ज़्यादा टोमेटो सॉस को प्रेफर करती है तो उन्होंने ही इस तरीके से प्लेट डेकोरेट किया है टोमेटो सॉस से सो फर्स्ट ईजी एंड टेस्टी स्नैक इज रेडी तो इस तरीके से करके आपके किट को ऑफर करना वो इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है और देखने के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड ऑफकोर्स बहुत ही हेल्दी है आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और आप भी टेस्ट करना क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है डोंट वरी एट आप किड्स को दे सकते हो एंड so, दे लाव टिटी सो चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी ब्रेड ऑमलेट सो so, यह मैं ले रही हूँ ब्राउन ब्रेड एग स्लाइस ले रही हूँ थोड़ी सी टोस्ट करनी हूँ और टोस्ट करने के बाद एक एग लेनी है बस एग को बीट करके ब्रेड पर डाल के टोस्ट करनी है So, easy bread ब्रेड for kids is ready here and एंड उसके साथ मैं दे रही हूँ आलमंडस सोक्ड आलमंडस ओवर नाइट और उसके बाद आपके टमेटो सॉस विधाउट टोमेटो सॉस मेरी तो ज़रूर इग्नोर करेगी तो इसके लिए मैं टोमेटो सॉस भी एड कर रही हूँ और आलमंड्स uh, भी दे रही हूँ वेरी इजी तो चलते हैं फाइनल रेसिपी थर्ड वन इज़ फूर मखन रोस्ट येस फूल मखना से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है आपको पता ही है न्यू बॉर्नस फाइव मंथ्स टर्न होने के बाद इस फूल मखना पाउडर से रेसिपीज बना के देते हैं क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी है और वेट लॉस के लिए स्नैक आइटम भी यही है सो इसको लेनी है हमको रोस्ट करनी है ड्राई रोस्ट करनी है फूल मखना को और इसके बाद मैं ले रही हूँ वाटर तो फुल मखना के साथ वाटरमेलन जूस बनाने वाली हूँ अब तो वाटरमेलन को पीसेस कट करने हैं मिक्सर जार में डाल के जूस हमको फिल्टर करने हैं तो मीन बार फुल मखना के पोस्ट देखने वाले हैं जैसा कि आप इस तरीके से प्रेस करोगे तो आपकी चिप्स चिप चिप जैसा फील होगा इस तरीके से आप टेक्सचर फील कर सकते हो सो so, फुल मखना इज रेडी नाव सो पुल मकना बेनिफिट्स बोन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा न्यूट्रिशन्स वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है इसमें और एंटी वैल्यू और बेबीज़ को ना डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा और इसके साथ साथ ब्राइन को बूस्ट करेगा तो बहुत ही बेनिफिट्स है और भी बेनिफिट्स है और इसके साथ साथ वाटरमेलन जूस इट्स रियली वेरी वेरी वेरी टेस्टी लाइक मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ बस वाटरमेलन जूस पानी नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं बस हेल्दी वॉटरमेलन जैसा तो ये देखो कॉम्बिनेशन तो बहुत ही टेस्टी है एंड हर्षिया लव्स दिस कॉम्बिनेशन आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू दोस मदर्स हु आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर हेल्दी स्नैक्स सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लाइक like ज़रूर करना शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और आपके फ़ैमिली के साथ सबके साथ मेरे वीडियो शेयर ज़रूर करना थैंक यू सो मच बाय बाय